कहे तो सस्ता जाना कहे तो सस्ता जाना तो हरी ये तोहरी सजनिया पग पर गलिए तो तोहरी गलैया में, पग प गलिए तो तोहरी वलैया में मगनी अपने धुन में मगनी अपने धुन में रहे मोर संगी पग पगलिए जाया तो में पग पगलिए जाहरी तो बलैया में ती परसु घटापन के छाऊ बदरी आती बरसू घटापन के छाऊ जिया तो चचा तोहे अंग लगाऊ जिया तो चचा तोहे अंग लगाऊ लाजेनी गोडी मोरी लादन गोरी रोके हैं पीया बगप गली तोहरी बलिया मैं बगप गलिए तुहरी मैं जागकी कोई रीत न जानू मांग तो सिंदूर में मानू मैं जग की कोई रीत न जानू मांग तो सिंदूर पर गलिए तुहरी भलैया मैं अगपर गलिए तोहरी भलैया कहे तो सजना कहे तो सजना जो तोहरी सजनी अगप गलिए तोहरी भलइया मोहिला के प्यारे सभी रंग तिहारे रे मोहिला के प्यारे सभी रंग तिहारे सुख दुख में हर पल रहूं तुम्हारे सुख दुख में हर पल रह संग तिहारे दरद बाप बाटे दरदबापा बाटे उम्र लड़कियालिए गलिए तो सजना कहे तो सजना ये तोहरी सजनिया पग प गलिए जाऊँ तोहरी भलैया मै पगलिए जाऊँ तुहरी भलैया कहे तो सजना ये तोहरी सजनिया बग पर गलिए जाऊँ भैया मैं पद पर गलिए तोहरी